Assalamualaikum कैसे आप सब अलमदिल्ला अच्छे होंगे आज हम बनाने वाले हैं चिकन लॉलीपॉप जिसके लिए हमें लगेगा 500 सौ ग्राम लॉलीपॉप चिकन डार्क सोया सॉस टू टेबल स्पून शेजवन चटनी टू टेबलस्पून हरी मिर्ची दो कटी हुई अदरक लहसुन और एक प्याज बारीक काट लेंगे सब कॉर्नफ्लोर टू टेबलस्पून ये रेड फूड कलर एक अंडा ले लेंगे काली मिरी का पाउडर टमाटो सॉस जिंजर गार्लिक पेस्ट नमक हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे जिसके लिए हमें चिकन लेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे टू टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे वन टीस्पून नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से विनेगर डाल देंगे वन टीस्पून डार्क सोया सॉस वन टेबल स्पून रेड फूड कलर इससे अच्छा सा कलर आ जाएंगा चिकन में एक अंडा अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे एक चौथाई कप इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और एक घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए उसके बाद हम इसको हम इसमें एक कोयला रख देंगे उस पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसको स्मूकी इस फ्लोर फ्लेवर देने के लिए इसको ढक के रख देंगे एक घंटे के लिए हम चिकन लॉलीपॉप फ्राई करेंगे कढ़ाई रख देंगे कढ़ाई गर्म कर इसमें तेल डाल देंगे ये चिकन फ्राई किया हुआ तेल है इसको हम वापस चिकन फ्राई करेंगे इसी तेल में इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे तेल गरम हो गया है अब हम इसमें चिकन डालेंगे लहर मारा तेल को अच्छा गर्म होने के बाद ही डालेंगे वरना पूरा चिपक जाएंगे नीचे अच्छा गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे इसको देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये अब हमारा फ्राई हो चुका हम इसको निकाल देंगे अच्छे से तेर निथार निकालेंगे देखिए कितना अच्छा लग रहा चिकन चिकन लॉलीपॉप बाकी का भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे इसको भी अच्छा गोल्डन फ्राई गोल्डन फ्राई कर लेंगे ये भी हो गया अब इसको भी हम निकाल लेंगे मीडियम फ्लेम पे तलना है हमें फास्ट पर तलेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा हम पूरा चिंग निकाल लेंगे एक पेपर पे अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेल तेल गरम हो गया अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक और लहसुन डाल देंगे इसको अच्छे से ब्राउन होने देंगे जलाना नहीं है इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करना है अब डाल देंगे कांदा और हरी मिर्ची इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है हल्का हल्का अब हम इसमें डाल देंगे शेजवान चटनी टू टेबल स्पून इसको अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इसमें कंधे में अब हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप टू टेबलस्पून इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है डार्क सोया सॉस डाल देंगे वन टीस्पून स्पून दो चम्मच अरारोट ले लेंगे उसमें हम थोड़ा पानी डाल के उसको मिक्स कर लेंगे अब वो भी इसमें डाल देंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसमें हम थोड़ा और डार्क सोया सॉस डाल देंगे वन टी के करीब अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लोट डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है इसमें हम नमक डाल देंगे थोड़ा सा और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है अब हम इसमें चिकन लॉलीपॉप डाल देंगे जो फ्राई करके रखे थे हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे वाह कितना मज़े का बना है खाने में भी उतना अच्छा लगेगा ये आपको आप लोग भी ट्राई कीजिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें